Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kana, and Gunjan. Happy birthday to you. Happy birthday। मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? पुंडरीकाट सुंदरिकाट शुभाय या भयंतरह छुची पुंडरीकाट पुनाट पुंडरीकाट पुनाट पुंडरीकाट पुनाट आहाले पाणी नको तो आंगूबी में हात तो लो क्यूंकि प्यास लो हाथ लो लो हेलो इशू 5 मिनट हेलो कृपया मत जाने मत अरे नावरिया भाई भाई भाई भाई गाय गाय गाय चला दो ना दिया देगा होगा ना दिया देगा ना पक्का चल रही रहा है हरि ओम महा सच्चिदानंदो गुजो शवाहा गुतिना पूर्वा विश्व वेदाहा गुतिना सल्ल नरो मार पड़ा हम तेनो देव दधातु ओमा लया धीने तु गंदीधी मारे त्यादिनी वसो मैं आहिदान तु पाणी पूजा संग पे दी रहाम देख ले तो गाइज़ अभी हम देख रहे हैं सूरज जोशी के ब्लॉक्स आज छुट्टी थी और घर पे शरात था पापा जी का आ, तो गाइज़ मैंने जिम चुइन कर लिया है तो क्योंकि वो रीज़न ये था कि कुछ यहाँ पे पेट थोड़ा सा मेरा बढ़ गया था इवन डाइट की वजह से तो मैंने एक सप्लीमेंट मैंने अभी शुरू किया यूज़ करना काशीनिया प्लस प्लस जो कि कंपनी का एक बहुत अच्छा ब्रांड है तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप अगर चाहो तो वेट लॉस के लिए फैट लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा और वहाँ से जाइए अमेज़ोन का भी लिंक शेयर कर दूंगा और उनकी पर्सनल वेबसाइट भी है आप वहाँ से परचेज़ कर सकती हो ताकि आपका भी फैट लॉस हो सके तो ये मेरा एक मनी प्लान है जो मैं लेकर आया हूँ देखो मैं इसको कैसे प्लांट करता हूँ अभी और ये मिट्टी है ये मेरी और दूसरी कंपनी भी मेरे साथ प्लांटिंग करेगा हाथ से कुछ प्लांटिंग कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथ से फ्लावर्स लगाऊँ जब ये फ्लावर बड़े हो जाएंगे तो मैं हम इनको किसी अच्छे गार्डन में किसी पार्क में इनको लगाएंगे ताकि एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाए आने वाले पाँच साल दस साल के अंदर आप कर लगे बताइए हम्म भी होते हैं मत तो में ताकि दोनों मलिंग प्लांट एक साथ खेले और अच्छे लगे ये थोड़ी मिट्टी की रही है क्योंकि हम इसमें डेली पानी डालते हैं तो मैं इन दोनों मिट्टी को कर देता हूं अब मैं इसकी मिट्टी जो है चेंज करूंगा, गीली मिट्टी में जो है सूख मिट्टी डालूंगा इसको जो कि मैं बाहर से लेकर आया हूं, ये वाली तो गैस उस डेट की मिट्टी प्लांट होने जा रही है अब इसके अंदर मैं थोड़ी खाद डालूंगा, क्योंकि इसको खाद की जरूरत है ये देखो गैस ऑर्गेनिक खाद है बहुत अच्छी खाद है ये ये भी देखो आप और फिफ्टी रुपीज़ का पैकेट आता है ये अच्छी खाद है इसको ये इस कॉलेज के अंदर मैं ये डालूंगा जिससे कि ये बहुत जल्दी खिले अच्छा और बड़ा हो जाए तो गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगती है मेरी आपको तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए कमेंट कीजिए गाइस ये मैंने एक बीज लगाया था ये कद्दू का बीज था तो देखो गाइस आपके सामने कितना बड़ा देखो ये पौधा बन चुका है तो होप सो कि आगे देखो इसमें देखो ये देखो, ये कद्दू के देखो यहाँ पे बेद का पौधे भी देखो यहाँ पर आ रहे हैं जो कद्दू यहाँ पर देखो लगेगा देखो कितना प्यारा देखो लग रहा है एट्रैक्टिव लग रहा है वदीने से मिट्टी भरदम a few moments later सर 5 किलो दे छोटे पैकेट आता है जरा 1 किलो भर दो देसी युवा शुगर है ना कौन से नाम है क्या नाम है उसका याद हां याद कुछ में रखूं 10 बेटा कुछ में रखो इसे ये ले लीजिए धन्यवाद बाबू और किसकी चाहिए 12 सीनीदी भैया देवाउने वाली 25% ऑफ है अंदर भी 115 के है ना देख लो लो, लो। ले लो ये दाल ले लो आप